Hey guys welcome to my channel my name is anshika aaj today i will make a free playing thing you must play with things so first so we use a use paper so i will make a let's start begin i am use a u c to also use that there is three. so i take it so slip page and equal four my i don't like x going to us see that so i will here also equal four so हमें एसिड लेना है एयर ऑल्सो डू इक्वल सो हमें इधर लेके इक्वल करना है डू नॉट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए Here. so what we can do, do like like this so like like this here is a line take off take it and fold it here like like this take it here like here so paste it take it inside so here also here is also do that and like type this okay that is that is almost completed so what we can do so like type this you made it like i did Also decorate it. like this. You also decorate. I will decorate a blue pattern. I will write a boat. Make so many. एक सो गुड एंड सो अमेजिंग यू आल्सो जब रेन आएगा तो आप पानी में फ्लोट भी कर सकते हैं So guys second we make art tip top so firstly can you take a page so and make like so, so a square shape like like this like this we can also do so here we got it so guys you like cut a page into square shape then on the side वट वी दिस हम ऐसे करेंगे और इसे फिर से वैसे ही करेंगे ने ऐसे कर दिया था और फिर हमने ऐसे कुछ किया था हम ऐसे पहले से ही कर लेते हैं दिया अब हम इसे इक्वल इक्वल करेंगे ऊपर आपका एक नीचे दौड़ आ जाएगा करना आपको लेके ले। कुछ ऐसे करने के बाद उसे चिपकना चाहिए so, ऐसे सो so, so, आपको उंगली लेके ऐसे ऐसे ऐसे टिप टॉप भी है लेकेट कलर हेयर रेड Yes. अब इधर ब्लू कलर कर का जो चीज हो सकता है वो बनाएंगे मैंने इधर क्लाउड बनाया है so, सो मैं इधर क्लाउड बनाऊंगी Orange. So. <laughs> <laughs> so. के में क्या आप बन सकता मैं चेरी। के चेरी एक होता है सो सो आई मेक है कैन डू ऐसे कर लेना है here. आपको इधर आपकी मर्जी में इधर ब्राउन मार्कर यूज कर उधर एक एक फीमेल फीमेल और और मेल मेल का करेंगे आपकी आपकी मर्जी मर्जी जब कोई कुछ भी लिख लिख सकता पर आप कौन से नंबर पे सकते लेकिन आप मत करना मतलब आप लिख रहे हो तो आप मत इससे खेल लेना तो आप दूसरे के भी साथ खेल सकते हैं तो यार सो गाइस इट्स लाइक अ Lazy and crazy, good or bad, गुड और बैड ब्रदर सिस्टर किंग एंड क्यूल अब आपको नहीं पता कैसे खेलना तो मैं आपको एक सो सो गर्ल मेरी सिस्टर बताएगी कौन सा कलर सही है बताओ रेड रेड आर ई डी व्हिच नंबर यू चूज आई वांट टू चूज 3 3 3 ए टी आर कलर ई व्हिच नंबर आई यू चूज 2 2 3 4 व्हिच नंबर यू यूज़ आई वांट टू चूज 4 4 लेट्स ओपन डोवा करते हैं 4 सो ऐसे oh, so, ही आप खेल सकते हो ऐसे आप आराम से खेल सकते हो बहुत अच्छा गेम है मुझे, मुझे मज़ा आया था मैं बचपन से ही खेलते आ रही हूँ सो so, अब आएगा थार्ड बार जिससे हम बनाएंगे प्लेन सो so, हम प्लेन बनाने के पेपर लगे सो गाइज आपको जहाँ पे ये लिखा हुआ है उसी साइड का करना है पहले आपको ऐसा कर लेना है यूज पैपा कर रहे हो तभी का तो तो लेकिन किसी को नहीं आता We make a three thing for fun. Hope you like the video. Do subscribe my channel. And all of the mazdar video for the video, me comment karke jao. Butana konsa video achha lagya aur is video ko like jao karne aur channel ko subscribe kar dena. So take care. Bye bye. Stay home. Stay safe.